ये प्लांट मेन एमसीबी ये ये हमारे कनेक्शन टचिंग प्लांट पे मोटर के पानी की मोटर के केमिकल के हर चीज़ के फंक्शन के यहाँ पे यहाँ से जो कनेक्ट है ऊपर आ जाते हैं ये हमारे देख सकते हैं कॉन्टेक्टर स्टार डेल्टा नीचे ओवरलोड रिले ये ऊपर एम सी यहाँ दो कॉन्टैक्टर, और ऊपर रिले है, हैं ऊपरली ऊपरली साइड में रिले तो ये हमारा बैचिंग प्लांट के अंदर का है ये ट्रांसफार्मर